ते बहुत आ रहे हो बात हाँ, आ रहे हैं, ही आते का जा रहे आते जा अरे तुम रहे हो ना अरे टोपा एकदम दिवाली है उदत है, है, है, है तो ये तो उदास है ये है भट्ट तो तुम बड़े जाता हो जैसे हाँ हम ज्ञाता हम ज्ञाता ही हैं हमसे कायदे बात किया करो कंटकी बजा दे बे एक घंटा देख रहे हैं सब आदमी खेल रहे कूद रहे यू आदमी बिल्कुल जूता जैसा मुँह बनाए बैठा उठती देर से उठा चप्पल में बजा दे <T। क्रूणीर> गडा क्या हुआ हमको पड़ाका नहीं छुड़ा मिल रहा है <tos aún> भगवान मतलब हम क्या बताए यहाँ कल हमारे सामने ये एक के बाद एक पच्चीस पैकेटी को दना दन -द्रन दगा डाली बंडा कसम खाली कि जब तक की खोपड़ी दगी ना जाए जाय पटाकाने तब तक पड़ाका छुड़ाव ना छोड़िए पड़ाका पड़ाका पड़ाका पड़ाका चौबीस घंटा तीन सौ पैंसठ दिन पड़ाका पड़ाका ये क्या होता पड़ाका नहीं जानते हो का नहीं पटाका होता टोपा हो क्या यार बिल्कुल एकदम है। हाँ ठीक हम गलत बोलते हैं हम गलत बोलते हैं तुम सही बोलते हो सुनना पटाका इस तरह थोड़ी पटाक्का एक दिन पटाका नहीं मिला तो मुँह लटकाया बैठे जूता जैसा हमारे पहले जो है दिवाली होती रही तो हमारे घर में जो है दू कम पूरे बमनते भरे रहते रहे बमन आ, बमन बमन भी नहीं जानते नहीं बम बम बम टे भरा रहा बमोटे भरा रहा ठीक मास्टर जी ठीक ठीक <laughs> टोपाड़ आदमी मतलब ऐसे ऐसे टोपाड़ आदमी हमको मिल जाते हैं कभी कभी के मतलब भाई ऐसी हट। हाँ। अच्छा अच्छा एक बात बताओ <laughs> क्या टोपा क्या होता टोपा जाड़े में लगाया जाता जो आदमी दिमाग से पैदल बुद्धि से गदहा अकल से बैल होता है उसको हम कहते टोपा ये है टोपा आदमी <laughs> और चाचा हैप्पी होली। एक ये टोपा बैठे ये आ गए टोपा भांग खा के आओ का बच्चा नहीं आग तो नहीं खाई कल खाया था तुम रोज खाया करो शायद तुम्हें खाए ना खाए कोई असर नहीं तुम टोपे पैदा भय रहो हुआ चाचा। दिवाली। अरे दिवाली। अरे भूल थे। दिवाली। अभी अभी आज दिवाली। दिवाली। दिवाली। अरे अरे भूल भूल गए गए थे। थे। हैप्पी पैर जलते जलते बचा। भूल थे। मतलब जब भगवान बुद्धि बांट रहा था तो ये लोग सबसे पीछे खड़े थे कौन सबसे पीछे खड़ा था चाचा तुम <laughs> चलो, चलो, सीको जाए पे यहां पे पे पे लगाओ अरे चल के थोड़ा लोग लोग डरे कौन क्या कर रहे रहे हो क्या रहा सीको रहे? यहां कोई सीको आ कोई नहीं हटो यार हाँ हा, हमारी रोड है हमारी रोड है झोली बाबा है क्या है चाचा सीखो डरा तो नहीं चाचा किसी नहीं डरात है चाचा केवल एक चीज से डरात है वो चीज है चाची ऐसा <laughs> कुछ नहीं है यार ये पुरानी बातें है चाची हमसे के रहती हैं कल अभी दुकान टाप आप मारे थे हाँ तो दो घंटा मारे तो दस खाए भी तो होंगे <laughs> तो झगड़ा होएगा तो वो भी मारेंगे अरे कुछ नहीं चाचा हम सब जानी जब तक चाची दुई मार पा चाची इनके दस मार लेती <laughs> इनके गाल लाल कर देती आउट <laughs> ओट <laughs> तो चाची देती इनका खटिया बांध और फिर उसके बाद ना कल्ची न बेलन तो सब बराबर भी जाती इनके लिए ऐसा <laughs> कुछ नहीं ऐसा पुरानी बात है झूठ कुछ नहीं अभी अगर चाची आ जाए इनका भागे रास्ता ना मिलिए <laughs> अभी बेवकूफी वाली बात करते हो यार अरे चाची सौ साल जी है दिए बेवकूफ बिल्कुल का यार वो देखो चाची आ गई अरे कहा अरे कहा अरे अरे कहीं ना हम यहाँ है नहीं ठीक चाची चाचा का देखो छुपे अरे बिल्कुल तुम यहाँ समाधि बनाए बैठे हुए क्या से क्या मंगाया था क्या मंगाया था बहुत पंजा रही बहुत बहुत पंजा पंजा रही, रही। चलो तुम चलो तुम चलो तुम चलो, तुम चलो।, तुम चलो। तुम चल तुम चल रहा है तुम तुमका पटाका चुड़ाएगा ना चूड़िए पड़क्का।